प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में मुलाकात की इस दौरान केंद्रीय मंत्री से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने गृह क्षेत्र खजुराहो में प्राकृतिक कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग की है मध्य प्रदेश में दिसंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार प्रदेश के लिए कई घोषण कर रही है इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की जहां उन्होंने अपनी कई मांगे रखी बीजेपी अध्यक्ष ने खजुराहो में भारतीय पद्धति पर आधारित प्राकृतिक कृषि महाविद्यालय खोलने का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया इसके साथ ही उन्होंने बुन्देलखंड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खजुराहो में उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया